आमने डेजर्ट स्टॉम की पूरी टीम को जिनके हमारे जो विमल जी पत्रकार हैं जिनका कोई पत्रकारिता में मैं कहूँगा कोई सानी नहीं और जैसलमेर में ही नहीं पूरे भारत में राजस्थान के अंदर अपना एक विभाग छवि के लिए जाने जाने वाले और पत्रकारिता में जैसलमेर में मैं कहूँ कि भीष्म पितामा हो तो कोई अतिशोक्ति नहीं और उन्होंने जो ये चैनल चालू किया और जो यहाँ व्यवस्थाएँ देखने को मिल रही है वो राष्ट्रीय नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की तारीख़ में तो ये देखते ही बनता है मैं उनको आज जो गरीब जन हैं और जो आम जनता है जैसलमेर की वो बहुत खुश होगी कि उनकी बात उठाने वाला गरीब पिछड़ों की जो बात उठाने वाले हैं वो आज पत्रकारिता के रूप में यहाँ से डेजर्ट स्टॉम के माध्यम से लोगों को अपनी बात पहुँचाने का नेताओं तक और प्रशासन तक मौका मिलेगा और इनकी सफलता का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें प्रश्न है कि कितना सफल होगा ये चैनल ऊँचाइयाँ छूएगा और अपना नाम मेरे ख्याल से पूरे भारत में रोशन करेगा पुनः पूरी टीम को उनकी विमल जी हमारे गुरु भी हैं और खेल जगत में भी उनका हमारे ऊपर बड़ा वो रहा है जैसे मेरे के लिए उन्होंने जो किया वो सारी दुनिया जानती है क्रिकेट के जगत में या दूसरे खेलों में भी आप देखेंगे तो तो मैं सभी को पुनः विमल जी का आशीर्वाद बना रहे और ईश्वर की और श्री राम की कृपा श्री राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे